माइनक्राफ्ट के फ़ॉरेस्ट में घूमते घूमते फिर पानी में डुबकी लगाते हुए मैं इधर ही उधर जा रहा था कि तभी मुझे एक आइलैंड पर कुछ तो दिख गया फिर कुछ तो दिखा लेकिन मेरे को समझा नहीं कि वो क्या है इसके लिए मैं दौड़ा दौड़ा और पानी में डूब गया पानी में डूबने के बाद मैं और थोड़ा थोड़ा तैरा तैरते तैरते मैं आखिरकार वहाँ पर पहुँच ही गया मैं क्या देखता हूँ क्या देखता हूँ मैं हाँ देखो देखो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत सारा दो घर है सबसे पहले मैं इस घर के अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ सामान ही नहीं थे अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो लेट हो जाएगा इसके लिए मैं इसको ऐसे ही तोड़ रहा हूँ अभी अभी तोड़ने के बाद अंदर कुछ है कि नहीं ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो भी फटाफट से फटाफट से जल्दी कुछ है कि नहीं है वो यहाँ पर का चेस्ट है अभी इस चेस्ट के अंदर देखते हैं और यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं व्हीट अकोल एक्स और फिशिंग करने वाला अरे क्या बोलते हैं इसको फिशिंग रॉड फिशिंग रॉड और अभी दूसरे घर के अंदर चलते हैं देखते हैं दूसरे घर के अंदर क्या है दूसरे घर के अंदर जाने के लिए मुझे फिर से तोड़ना पड़ेगा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस यार बहुत सालों की मेहनत के बाद ये ब्लॉक टूट चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे ब्लॉक के अंदर यहाँ पर एक फेस्टेवल पानी मुझे रोक रहा है अंदर जाने से चलो घूम के जाना पड़ेगा लगता है मुझे। तो आखिरकार हम गए के अंदर है एक एमराल्ड और थोड़े मुझे और खाना मिल गया अबे ये क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है तो मुझे और खाना मिल गया मैं तीन ब्रेड भी बना लूंगा और इसी के साथ मुझे मिला एक तो कहीं सर आप हम लोग इस त्रेस मैप को ढूंढने जा रहे हैं तो यो है सुगत आप सब लोग कर रहे हैं वीडियो में और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे है हैं ड्रेस एड हंट तो भाई अभी तक हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं आया है तो रास्ते में क्राफ्टिंग टेबल भी बनाने वाला हूँ तो हमारा मैप बोलता है कि हमें ये सर जाना नहीं है हमारे स्पॉन्ट पॉइंट के बहुत ही पास में ये है तो चलो अभी जल्दी जल्दी पहुँचे वहाँ पर तो भाई अभी हम लोग ने बना लिया है क्राफ्टिंग टेबल अभी फटाफट से अपने टूल्स बनाते हैं सबसे सब पहले तो मैं खाना बना लेता खाना की बहुत ज़्यादा ही कमी है आस पास यहाँ पर कुछ मिल रहा पे नहीं है मेरे माइनिंग पे तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं, तो नहीं जाने वाला तो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्टोन के टूर्स इकट्ठा करने वैसे। तो मैं माइनिंग पे नहीं जाने वाला था लेकिन थोड़ा स्टोन के टूल्स बना लूँगा तो थो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि जो जॉम्बिस्ट लोग हो ना बहुत ही मौका था अभी मैं माइनिंग कर ही रहा था कि मेरे मन में क्या रहा है छोड़ो क्या माइनिंग वाइनिंग करना वैसे भी हम लोग को वहाँ फिर आके खजाना मिलने ही वाला है तो अभी चलते फटाफट ट्रेशर ढूंढने के लिए तो कैसे यहाँ पर वो ट्रेशर बस बाज़ी में ही है ठीक है अभी हम लोग चलते हैं अपने ट्रेशर को ढूंढने के लिए तो भाई आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहले से ही ड्राफ्टिंग टेबल लगा हुआ है क्योंकि यही मेरा स्पॉइन बॉइंट था मैंने जो भी किया है यहीं पर किया है हाँ पहले मैं एक बार फिर पहले भी मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ और आते ही मर गया तो भाई अभी चलते हैं ढूंढने के लिए ट्रेशर अभी मैप के अंदर है इसका थोड़ा और आ भाई ये पानी के अंदर है क्या अभी मैं वो पानी के अंदर मैं कैसे जाऊँगा भाई नहीं नहीं यहाँ पर ये सैंड में आई थी फिर भी एक बार नीचे सच के देख लेते हैं क्या में ऐसे ही खुले में चष्ट पड़ा हो और हम लोग नहीं कर रहे ओ बे भाई साहबिकली सा से बाहर निकला नहीं मार पाऊंगा कुछ है तो ही नहीं तो मैं क्या मारूँगा इसको फोन का जो है बस एक्स है उसमें मैं इसको नहीं मार देता सभी थोड़ा सा पीछे हाँ यहाँ पर सैंड के अंदर ही है मेरे ख्याल से वो तो मुझे सैंड में खुदाई करनी पड़ेगी खुदाई करते हैं चलो खुदाई शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या ना मैं एक शॉल बना लूँ तो फिर यहाँ पर इस सैंड को मैं बहुत ही तेज़ी से हटा पाऊँगा फटाफट से हम लोग यहाँ पर शावल बना रहे थे वूडन का शावल मिल रहा था वुडन का शवल यहाँ पर बना रहे थे और अभी हम लोग करेंगे फटाफट से यहाँ पर माइनिंग को शुरू तो गाइस सर तो यहाँ पर से ना पानी कितना तो लगा था तो मैंने सोचा कि ना कि यहाँ पर पानी को ब्लॉक किया जाए अभी मैंने यहाँ सैंडल और सैंड अंडर गिर गया तभी मैं कुछ सोचा कि वुड प्लैंक्स हैं और छोटे छोटे प्लैंक्स बनाते हैं और यहाँ पर से कवर करते थे तो बस चलो अभी वुड के प्लैक्स बनाते हैं मुझे पता है कि आप तक तो क्या सोच रहे हो कि मेरे पास अभी वुड एन शॉवल कहाँ से आ गया पहले तो मेरे पास स्टोन का चावल था तो हुआ यूँ कि मेरा जो है गेम पूरा बंद हो गया मैंने जैसे गेम चालू किया तो मैं वापस अपने स्पॉन पॉइंट पे था तो मुझे सब कुछ नया नया बनाना पड़ा और और राइट अभी मैंने जो है इसको कवर कर दिया है पूरा अच्छे तरीके से शायद से नहीं रुके और नीचे से भी कवर कर लेते हैं ताकि यहाँ पर पानी बंद हो जाए थोड़ा सा बच्चों के सर तो यहाँ पर अभी पानी बंद हो चुका है और मेरा मैप भी चला गया मेरे हाथ से तो मेरे मैप एकॉर्डिंगली मैं जब सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ही होगा कुछ ही। तो पानी के अंदर मैं जा कर देख सकता हूँ मेरे पास ऑप्शन है बट यहाँ पर जॉब सब घूमते हैं तो मैं यहाँ पर माइनिंग करने वाला हूँ नहीं ये देखो बाजू में भी देख लो बाजू में ये है अरे भाई एक बार आ गया सॉम्भू ये देख लिया बाहर से बाहर निकलना ही ठीक रहेगा और अभी मैं यहाँ पे बाहर से माइनिंग करने वाला हूँ तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर माइनिंग शुरू करते हैं और राइट गैस यहाँ पर हम लोग बहुत टाइम से खोद रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला है तो मैं तो अभी बस जाने वाला थोड़ा सा और खोद बताऊँ मुझे तो लग रहा है कि हमारे साथ कुछ स्कैम हो चुका है लेकिन यहाँ पर हमारे पास अनबेबल्ड गैस है यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारा ट्रेजर जिसके अंदर एक नहीं तरह चस्ट पेट नहीं तरह बूट्स नॉट डायमंड और चार का ब्लॉक का क्या बोलते हैं इसको कुछ तो बोलेंगे जाने तो एक एंटेंटेड वो दो एंटेटमेंट बुक ओ भाई साल तो चलो ये सब लेके अभी हम लोग को बाहर निकलना है तो मैं मिलता तुम लोग को अभी बाहर निकलने के बाद आर्मर तो है तो, करता और फिर मिलता से। तो भाई यहाँ पर ना सुबह मिलने के बाद मैं जैसे ही उठाना क्लीपर ही फुट जाए मेरे मुंह पर वो भी मरते मरते बचाऊंगा देखो चार ऐद गए हुए हैं मेरे तो भाई यार अभी आप लोग देखो अभी मेरे पास क्या क्या चीज है लेकिन यहाँ पर जो है मैंने वही सब आर्मर पहन लिया है एंचैंटेड नेट आर्मर तो गाइस सर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे यहाँ पर मुझे और दो बुक्स और डायमंड भी मिले थे डायमंड का तो मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ लेकिन आप मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर करो ताकि नेक्स्ट नई ने वीडियो को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब पहले मिलते